के जब की मेल रु बेल रे बेल मेल बॉडी कटक वजा सु खायो थारो मारो मेल या बात पे से नो थारो भाई कोठे कुण बेल मैं या बात पे से नो कार्य माटी है, माड़ की रे रपट घोड़ा रे योट रोटो भाई ला राख छोरी मैदा बोल झूठा थान छल्ला पराते पराते रे पराते परात दो दिन की मोहबत में पागल आ गोले बरात हो रत कोने नाचरी ये मारे सको गया लाख पोस टाम गिर सलो वा घूम गिर ना का यथा में रहियो